बहुत सारे व्यूवर्स का यह सवाल है कि मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों मेरा भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निक वीडियो में चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं मोबाइल से थंबनेल बनाने के लिए बताऊंगा मोबाइल से थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सेल एप ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ और प्ले स्टोर पर जाए प्ले स्टोर पर जाने के बाद पिक्सल एप ऐप को सर्च करें जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसको ओपन कर दें ओपन करने के बाद ट्रिपल डॉट पे जाएं, और साइज पे जाएं, साइज को कस्टमाइज करें यूट्यूब थंबनेल पे ओके कर दें ओके करने के कर बाद आप इसके बैकग्राउंड कलर को जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं चौथे नंबर पर जाएँ और कलर पर क्लिक करें ग्रेडीन कलर और नॉर्मल कलर ग्रेडिएंट कलर में एक तरफ लाइट कलर और एक तरफ डार्क कलर रहता है और कलर में एक प्योर डार्क कलर रहता है तो मैं हमेशा ग्रेडिएंट यूज़ करता हूँ फिर ए पे जाए उसके बाद एडिट करें टेक्स्ट को और लिखें हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज्ड थंबनेल धोखे करें उसको स्क्रीन पे सेट कर दें एक साइड सेट करने के बाद एडिट करें स्ट्रोक पे जाएं स्ट्रोक को इनेमल करें शेडो को भी इनेमल कर दें उसके बाद इधर आ जाएं थ्री टेक्स्ट को इनमल कर दें फ़ोटो एड करने के लिए प्लस पे जाए फ्रॉम गैलरी फोटो चूज करें ओके करें उस तो साइज साइज़ के हिसाब से फिट करें और एक साइड और एक सैड फिट कर दें उसके बाद तीसरे नंबर पर जाए स्टोक पर जाए और इनईमेल कर दें ओके करें और यहाँ से एज ए प्रोजेक्ट और एज ए इमेज में सेव कर दें मैं हमेशा प्रोजेक्ट में सेव करता हूँ तो ओके करें मैम लिख दें थम आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए बस इतना है जय हिंद वंदे मातरम